अरे मर गया मैं कहा तो वेरू वेरू कहां से पिटकर आया है तू आज मैं विरू गब्बर के बहन को पटाने निकला था गब्बर ने मार मार कर मेरा कीमा बना दिया वेरू जय मैंने कितनी बार मना किया